पी और ओएनजीसी मिलके ये ऑयल एंड गैस कॉन्ज़रवेशन ड्राइव सक्षम 2020 हम लोग मना रहे हैं ये पूरा महीना भर ये चलेगा ड्राइव इसमें ऑयल एंड गैस मास अवेरनेस अवेयरनेस का प्रोग्राम चलेगा ऑयल एंड गैस बचाना ये आज की नीड ऑफ द आवर हो गई है हम अगले नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारा गैस और ऑइल का भंडार बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है इसीलिए हमको इसको आप बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित हो उनको भी ये धरोहर का जो भंडार है उनको भी मिले हम सत्यनिष्ठा निष्ठा से सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं की अपने सभी कार्यों में अपने सभी कार्यो में पेट्रोलियम उत्पादों के पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु संरक्षण हेतु सतत प्रयास सतत्त करते रहेंगे सतत प्रयास करते रहेंगे ताकि देश की प्रगति ताकि देश की प्रगति के लिए आवश्यक के लिए आवश्यक इन सिविल संसाधनों इन सिविल संसाधनों की आपूर्ति की आपूर्ति अधिक समय तक अधिक समय तक संभव हो सके संभव हो सके आदर्श नागरिक आदर्श नागरिक होने के नाते होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के हम पेट्रोलियम पदार्थों के व्यट उपयोग को, को रोकने, के लिए रोकने के लिए लोगों को लोगों को जागरूक करेंगे जागरूक करेंगे ताकि, ताकि आगे आने वाली आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पीढ़ी के लिए एक बेहतर एक बेहतर वातावरण वातावरण सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर एक नए एक नए एवं स्वस्थ भारत का एवं स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके निर्माण कर सके थैंक यू धन्यवाद गैस बचाएंगे हम बैतूल से बोल रहे हैं हम ये संरक्षण संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम बना रहे हैं पूरे महीने का ऑयल कंजर्वेशन वीक बना रहे हैं इंडिया में ऑयल एंड कंजर्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साधन बड़े सीमित हैं अगर हम इनका वेस्ट करेंगे तो ये साधन जल्दी ख़त्म हो जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास पेट्रोल डीजल कर से नहीं बचेगा ऐसे ही हमको एनवायरमेंट के लिए भी चिंता करनी है तो आज हमने रैली निकाली है ताकि हम ऑयल एंड गैस कंजर्वेशन कर सकें कई स्कूलों के बच्चे आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं उनके टीचर का धन्यवाद करते हैं उन्होंने आकर के मास अवेयरनेस करी मास रैली करी इसे हम जन जन में ये जाकर के जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ऑयल कंजर्वेशन हम का कंजर्वेशन करना आज का बहुत जरूरी है धन्यवाद थैंक यू